हाउ आर यू से हु आर यू पर आ गई हाउ आर यू से हु पर आ गई पहले आप फिर तुम फिर हम और अब तू पर आ गई पहले आप फिर तुम फिर हम और अब तू पर आ गई और वो जो गोलगप्पे खाकर टिश्यू की जगह अपने दुपट्टे से मुंह पोछा करती थी टिकटॉक पर चार फॉलोवर क्या बड़े कहती मैं सारे जमाने पर छा गई